वड़ापा वड़ापा वड़ापा कबाब वेफर नहीं है बाकी सब मिलेगा आए। नहीं करने वाला समझा पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी दर्द आपको क्यों हो रहा है अभी आज पेरेंट टीचर मीटिंग है चलो ठीक है बुला अपने पेरेंट्स को किधर जाना है अभी अच्छा इधर पाँच मिनट कुछ नहीं करता अरे कॉल आ गया। हेलो हेलो हेलो सर हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो सर हेलो हेलो सर आवाज हेलो? मैं बोलने अबे आदमी तो है sab chhod ke task kar bijo toas gaant se tarne gaya ho tum tab se president sir amit president sir rajak sir president <laughs> sir kaun bol raha hai aur fir wahan se nahi aayega sir kyun main na are uski marzi mein aayega to tujhe kya karna hai apna kaam karna attendance le <laughs> है वो वाला? कह तो रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है मैच। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुनू जमीन पे रेख रहा होता की कमी, लोहे का पजामा बंदर तेरा मामा पिल्ली तेरी मौसी, गांडू मेरा यार, आम में ले, ले या। कहा था तू तब से फोन कर रहे देखो तेरे को फोन किया था तेरा फोन ही ऑफ था और बैन हो तो पता है मैं एक हफ्ते फिर यहीं आ रहा हूँ क्यों पाउंड डोनेट करने कब तक अपनी औलाद को बहाता रहूंगा ध्यान रखना है इतना सारा एक हफ्ते का पागल है क्या आज के दाक दाक। दाक। तेरी शादी कराने के लिए पाँच लाख का चेक दिया था भूल गया मुझे तो लगा वो गिफ़्ट था पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफ़ा नहीं होता बाकी Takde tuchna mushkat packet suno lipo kipad nasen shtawa dipulesh ki steni zalivani Tumhe aage bulaya hai ek bahut zaruri kaam hai jo hum teeno ko milke karna hai ek baar upar to poocho Dek kyun nahi raha देख, देख, देख, देख, देख। देख। जी अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता ना तो दशहरी आम के जैसे टपक जाते फिर जिज्जी और भांजे की लाइफ का तो मैंगो शेख बन जाता ना तभी कह रहा हूँ मुझसे ये बीमा पॉलिसी करवा लो एक्सीडेंट केस में घरवालों को पचास लाख तक मिलेंगे और मर्डर केस में एक करोड़ बोलो क्या बोलते हो ये क्या ठीक है तू नहीं अब तेरे पचास लाख के चक्कर में मैं अपना एक्सीडेंट एक्सीडेंट करा लूं देखियो तू तू अपने जीजा का करवाएगा एक करोड़ तो मिले कम से कम तो कैडबरी ऐसी शक्ल वालों जल्दी निकलो हमारे प्लॉट ऐसी नहीं तो कैड और बरी दोनों को अलग करके ना यही बरी कर दूंगा अबे साले अब तू मेरे को बोलेगा तो। बस कल ये मतलब अपनी बेटी से पूछ ए, ए, ए, मेरी तो बेटी आई नहीं हो जाएगी नौ महीने बाद लगता आजकल की औलादे बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाती है अपने बाप का फ्रैंक होने का है और गात भूल जाती है अपनी बाप भी कम खचरे थोड़ी हैं केडी बच्चों से यारी दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे सिनेमा हॉल में कितने पॉपकॉर्न खाए और कितने राजिंदर की बीवी की गोद में गिराए इसका सारा चिट्ठा मम्मी तक नहीं पहुंच जाएगा ना ये तो टी है है आगे गुफा आने वाले है देख। <पीवाले> <नारे> ए, मैं ले मैं तुमको लेके ठीक है भाई, आप जाओ, आप जाओ। आप आप भाई, भाई, भाई, गुण। गुण। भाई। भाई, पीछे रहो, रहो, हम आगे जाते हैं। पीछे जाओ। भाई।